न्यूट्रिशन और विटामिन ई e से भरपूर ये टेस्टी फ्रूट नहीं बल्कि एक बीज है जिसका सालों तक लोगों को पता नहीं था आखिर क्या है इस बीज का नाम तो मजेदार जानकारी देंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले हजार से लेके 2500 से भी ज्यादा बिकने वाला ये बीज का नाम है बादाम यानी आलमंड ये कोई फ्रूट नहीं लेकिन बीज है लोगो को इसके बारे में पता नहीं था तो लोगो ने से एक नट समझना शुरू कर